पैपराजी ने प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता के फोटोशूट का बीटीएस वीडियो शेयर किया है जिसमें वह पोज देते हुए नजर आ रहे हैं बिग बॉस 16 के घर में प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया है इतना ही नहीं फैंस दोनों को साथ देखने के लिए तरसते हैं हालांकि शो से निकलने के बाद दोनों कई मौक़ों पर साथ देखा जा रहा है इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों का एक फोटोशूट सामने आया है जिसमें दोनों की केमिस्ट्री देखकर फैंस भी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है पैपराजी ने प्रियंका और अंकित के फोटोशूट का बीटीएस वीडियो शेयर किया है जिसमें वह पोज देते हुए नजर आ रहे हैं प्रियंका जहां व्हाइट कलर के क्यूट क्रॉप स्टॉप के साथ व्हाइट पैंट्स पहने दिख रही हैं तो वहीं उड़ारिया के फ़तेह यानी अंकित गुप्ता सफ़ेद पोलो टीशर्ट में दिखाई दे रहे हैं जिसे उन्होंने बेस कार्गो पैंट के साथ पेयर किया है इस दौरान दोनों को एक दूसरे के साथ प्यारे से पोज देते देख फैंस खुश हो गए हैं वीडियो के कमेंट में फ़ैन्स दोनों की केमिस्ट्री की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं एक ने लिखा प्रियंका की केमिस्ट्री को कोई नहीं हरा सकता है इस जोड़ी ने दिल जीत लिया जबकि एक अन्य ने लिखा प्रियांकित इस साल की सबसे हॉट ब्लॉकबस्टर जोड़ी है वही दूसरे ने लिखा वास्तव में हमारी सबसे प्यारी और पसंदीदा जोड़ी बता दें बिग बॉस सोलह में एंट्री से पहले प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता कलर्स के सीरियल उड़ारिया में फ़तेह और तेजो के किरदार के लिए फेमस है दोनों की जोड़ी को फैंस ने फटेजों का टैग भी दिया है कहीं सीरियल्स के सीन आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं